जा रहा है।, है मिलते हैं। हैं हैं मिलते एनटीपीसी के के रिजल्ट के बच्चे हैं जिनके आए उनसे। आपका क्या कहना जो एनटीपीसी का रिजल्ट है देखिए एनटीपीसी का जो रिजल्ट है बिल्कुल गलत किए हैं मोदी सर मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं ये इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था बहुत गलत किए हैं बहुत से हम बच्चे जब लॉज में आया है तो बहुत सारे बच्चे अपना जब देख रहे थे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट गया, है ना जाने का रीजन है क्या कि मान लीजिए यदि उन्होंने रिजल्ट जो घोषित किए हैं वो बीस गुना करना था और इन्होंने कर दिए हैं क्या कि एक ही बच्चा को पांच पांच पोस्टों में सिलेक्शन करवा दिए हैं तो वो तो कॉमन हो यानी पांच गुना तो ऐसा ही बच्चा घट गया तो इसलिए हाई स्कोर पे चला गया है इसलिए इसका खमियाजा इनको हर हाल में यूपी चुनाव हो या तो अगले जो भी चुनाव आगामी आने वाले हैं सब में उनको भुगतना पड़ जाएगा मतलब आपका चुनाव पे है क्योंकि देखिए नेता को यदि आपको आ, बदला लेना है तो चुनाव में ले सकते हैं क्योंकि ब्यूरो तो है नहीं ये तो लीडर है लीडर को हर हाल में जब पीछे से मारा जाता चाप हो इलेक्शन तो में मारा <laughs> जाता हाँ जी बात है जो क्लियर इसलिए हर हाल में इनको भी सबक सिखाया जाएगा क्योंकि यूपी हो बिहार हो मध्य प्रदेश हो ये सब ये सब डिपेंड करता है रेलवे के एग्जाम पे अब हम ही गार्जियन है हम अब बतलाइए घैस पाल करके और खेती बाड़ी सब कर करके अपने बच्चे को पटना में पढ़, पढ़ने के लिए भेजे हैं जब भेजे हैं तो ये अब क्या किए हैं कि अपना ये तुगलकी फरमान सुनाते हैं तो तुगलकी फरमान नहीं ना चलेगा मोदी जी अमित शाह जी का बेटा जाएगा सिलेक्ट एक मर्द सिलेक्ट हो जाता है ना और ओम बिरला के बेटी एक के सिलेक्ट सेलेक्ट हो जाता है हमारे बाल बच्चा क्या करेगा घूर फिर करके कटोरा लेकर के भीख मांगेगा ये सब नहीं चलेगा भाई साहब एकदम हर हाल में आपको चुनाव में पीछे से बम्बू ठोसा जाएगा एकदम जान लीजिएगा और नहीं तो रिजल्ट पे फिर से आप ध्यान दीजिए मतलब आपका कहना क्या मतलब रिजल्ट दोबारा घोषित किया जाए एकदम एकदम इसमें देखना चाहिए एक ही व्यक्ति को पांच पांच पोस्टों पे जो रिजल्ट दे करके इसका तो मतलब आपका क्या कहना है क्या चार बच्चे जाता है तो चार बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो रहा है बताइए बेरोजगारी है प्लस मान के चलिए बच्चे पटना में अपने पूरे का पूरे समय ये सर्कल बना बना के रोटी जो बेलना से बेलते हैं उसके क्या हाल हो रहा है समझ रहे हैं उसके उसके भविष्य भविष्य के के बारे में। के बारे में में भी सोचना चाहिए ये गधा किधर से आ गया है बारह लाख का मतलब आपने सूट पहनता है इसको समझ में नहीं आता है अपने खुद ही इसको खुद सोचना चाहिए ना बारह लाख के सूट पहनते हो आदमी बारह के जीन्स खरीदने और शर्ट खरीदने के लिए बेबस हो आपको इस सब चीज पे ध्यान देना चाहिए आप ये सब गलत है हम तो 2014 में इनको वोट दे करके बड़ा गलती कर दिए 2019 में भी डाल दिए हम तो गार्जियन के पछता रहे हैं अब हमरे हमको तो, हम तो अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं हमारा तो ब्याह शादी हो गया तो बाल बच्चा हो गया अब उसका कैसे होगा जरा सोचने की बात है, सब तो है। के ना बाल बच्चा देखिये जब तक अभी रोटी रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर शादी करवा देने से उसको क्या फायदा होगा जरा सोचने की बात है तो मान लीजिए शादी भी करवा देंगे तो तो फिर तो फिर चेंज हो जाएगा बाग जाएगा दूसरा जगह खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या आप करेगा वो हमारा से से बच्चा ये बंगलोर जोन से था जी कितना और नाइनटी सिक्स गया है यू आर कैटेगोरी का बताइए तो नाइनटी जाने का मतलब क्या है इसका मतलब सेटिंग है इसका मतलब कुछ अलग सोचिए इस पे जरा मैंने सोचने की बात है ऐसे तो कभी कभी हंस रहे हैं लेकिन ये हंसना मत समझिए हम रो रहे हैं समझिए अंदर है। अंदर से, हाँ, अंदर से, तो है। अंदर से दुख है। हाँ तो अगर आप पीएम मोदी के जगह पे आप होते रिजल्ट घोषित करने वाले आप होते तो क्या करते सबसे पहला नंबर तो हम पीएम मोदी यदि के जगह पे होते तो चेयरमैन के बम्बू करते सला कौन से कानून तुम कर रहे हो जिससे की बीजेपी का वोट कट रहा इस चीज पे उसको ध्यान देना चाहिए था मान लीजिए कि आप पीटी में यदि रिजल्ट भी दे देते तो इससे क्या नुकसान हो जाता बीजेपी को बीजेपी का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था जहां तक प्रॉफिट होता है बीजेपी को कम से कम लोगों को ये भी लगता है कि इलाहाबाद कम कम हो, हो इंदौर हो कहीं भी हो अपने बच्चे को जरा पेमेंट जरा सही तरीके से भेज दे अब तो इससे हो गया कि रिजल्ट गिर जाएगा तो समझ जाएगा गार्जियन भी की लड़कीबाजी कर रहा या तो कुछ लंद पंद कर रहा हमारा बच्चा यानी पढ़ने लिखने वाला भी बच्चा को डीमो डिमोटिव होगा वो बच्चा का अः चलिए ठीक है अच्छा लगा आपसे करके फाइनली आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को हम दर्शकों को यही कहते हैं कि भैया आज, आज हाँ. रेलवे हो, हो, किसी भी जगह को हाँ. जाम कीजिए हर हाल में नहीं जाम कीजिएगा ये गवर्नमेंट किसी का सुनने नहीं जा रहा है गरीब के गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है ये सूट बुट वाला के है भैया पीछे से खोपता है गड़बड़ा देगा चलिए ठीक है आप आपसे मिलकर अच्छा लगा थैंक यू सो मच थैंक यू धन्यवाद